टोटल गेमिंग जो कि अभी इंडिया के नंबर वन यूटूबर है बट कैसे कैसा भी यूट्यूबर है जो चाहता तो अज्जू भाई को सब्सक्राइबर के मामले में बीट कर सकता था लेकिन उसने एक ऐसी बहुत ही बड़ी गलती कर दी जिसके चलते हुए वो आज अज्जू भाई के आस पास भी नहीं बटकता तो वाइस अगर आप भी जानने के लिए हो रहे हो परेशान तो मेरी है। अगर आपने भी देखे हमारी वीडियो को लाइक किया जेल को वेल नोटिफिकेशन वहाँ पर सलेक्ट नहीं किया है तो कहा बनते होते वेल स्टॉर में बात कर रहा हूँ राइट स्टार की जो कि जिनकी फेल फॉलोविंग तो होती थी लेकिन वो वीडियो बहुत ही कम डालते हैं